के खेत में, पर देशी, पर देशी, जाना नहीं। इले कलीर दी हट गई गिर दी। राजा करे करे की, कर इक्ली कलिया sir alguien da fuck it, it. feel like it, then you should've put a thing you should have put away money it feel like a thing you should have put away money get to me get me omg the pier la güey oh come on is sir wearing a garage dude my god yahan boys dekh rhi ho kitne wo charkis lagaye hain my god ekdam sharam se to whatever na है और दो हार्टी से मुझे डांस कर एकदम गंदगी कर रहा है एकदम गंदगी ये देखो ये देखे ये वाला देखो, ये देखो, ये देख है तो